हेलो गाइस मेरा लाइव का फर्स्ट फ्लॉग है मेरा पहला ब्लॉग चला आया ठीक है मैं ये मेरा फर्स्ट फ्लॉग है मैं बहुत दिन से भावा जो ब्लॉग पे आया ब्लॉक पे आया लेकिन आया नहीं ठीक है तो सबसे पहले मेरा परिचय देता हूँ मेरा नाम हो राज मैं बात करती हूँ बढ़ने को जरूर सपोर्ट तो तो चाहिए आप लोगों को जरूर सपोर्ट चाहिए आप लोग को जरूर करें करे को तो मेरा सेकंड ब्लॉग जल्दी जल्दी आएगा ठीक है आप लोगो को सपोर्ट चाहिए आप लोग सपोर्ट करो मेरा वीडियो पहला ब्लॉग मेरा पहला ब्लॉग आप लोगों को सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट करो प्लीज़ एक वीडियो और अगले वीडियो चाहिए तो जरूर सपोर्ट करिए सेकेंड ब्लॉग जल्दी आएगा तो तब तक, तक, तक लिए बाय बाय टाटा बाय बाय अप लोगों को तो ख्याल रखना ठीक है